आज जहां हम लोग जाने वाले हैं वो आप लोग के लिए है सरप्राइज तो सरप्राइज देख सकते है ये है मेरा गाँव और यहाँ से हम लोग जाने वाले है जहाँ पे वो आप लोग के लिए सरप्राइज है यहाँ से पंद्रह किलोमीटर होगा तो देख सकते हैं ये है हम लोग लो गा। लो का गाँव है हम लोग जो जाने वाले हैं तो ये गाड़ी है देख लीजिये एन 125 और बाइक हैं तीन दिखाते हैं दूसरा बाइक हीरो और तीसरा है ये तीन देखिए ये लोंडा क्या बोल रहे हैं सुन लीजिए किससे जाएंगे रोज तो ठेला और टेम्पो और बाइक से जाते ही है आज उस भटवटिया पे जाने के लिए तैयार सभी खरीदने वाले हैं हम लोग एक लाख में सोगाइस so एक एक रुपया सब कोई दीजिएगा खूब बटबटिया खरीद लेंगे कुछ देर में ही हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने चौक नूना देख सकते हैं एनएस जो हम लोग के साथ हैं, उड़ा रहे हैं। ये है हम लोग का चौक नूना कभी कभी जीतने के लिए लड़के को देख रहे हैं जो पैदल बाइक को लेकर आ रहे हैं ये आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका तेल ख़त्म हो गया पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है हमारे साथ जो आदमी थे वो लोग को ये पीछे छोड़ दिए हैं उसके बाद ये तेल बचाने के लिए पैदल अपने बाइक को एक किलोमीटर तक ले जाता है फिर वो लोग आ जाते हैं फिर ये निकलते हैं तो ये तेल बचाने का इसका एक नया तरीका पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना दशरथ माझी जो, जो रास्ता बनाया है बहुत ब्यूटीफुल और सुंदर देख सकते हैं हम लोग दशरथ माझी के रास्ते से जा रहे हैं namaste dana basatera namaste dana basatera namaste dana basatera namaste dana basatera gaaliya phad le namaste dana basatera namaste dana basatera namaste dana basatera gaaliya phad le आप लोग के लिए जो सरप्राइज था ये ये जगह है ये एडवेंचर फ्लेस है जो हम आप लोग के लिए सरप्राइज रखे थे सो so गाइज आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक like तो बनता है सो थैंक यू गाइज